Follow me kill मैंने मेरा किल, किल चुरा रहा है भाई पहले पहले सो अरे क्या मेरा किल चुरा रही है follow me अरे वो मुदाई चलो वो नफ़र गिर गए नरेंद्र मिश्रा नफ़र का तब मेरी खाल तो रहोगे तब आने के लिए कहाँ जा रहा ज़्यादा दूर नहीं जोड़ने क्यों मज़ाक मारा मैं मैं वो साइवालू कौन भला हो गए थे इधर मैं आवाज तुझे तो मार ही लेगा अरे येड़ा बंदेगा तेरा वेट है नेक्स्ट बिल्कुल अभी जगह दिखा दो यार जय जय Don't kill. What is so bad? What? Oh, man! Two more people.